सुनना तुम्हें तो हॉरर में काम करना चाहिए। तुम्हारी की वजह से, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो जाता तुम्हें तो मैं फूलों की सेज पे बिठा के रखूंगा अरे आओ ना कि अरे दिखाता हूँ ना आओ कम कम कम कम

सुना मैं तुम्हें एक चीज दिखाता रहा हूँ अखिले कमर कहा लेके जा रहे हो मुझे अरे आओ तो कमल अखिल एक कैसी जगह है सी अब ये क्या है खोलो तो

Your face. <laughs> sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, love. Last show. Actually, hall box. See? Wow! play doctor रोल कर रही हूं और मैं एक पायरट का तो हो जाए कॉस्ट्यूम ले

लग रही डॉक्टर साहब बहुत अच्छा मिस्टर पेशेंट चलो इधर जल्दी से लेट जाओ जल्दी लेटो सांस लो मुंह खोलो जी बाहर बस आंखें

साइन ऑफ जॉन्डिस पेशेंट को जनरल वार्ड में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा क्या बात ये हार मुझे दे दे लड़की डॉक्टर के साथ ऐसी हरकत

को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी समुद्री लुटेरी के साथ ही हरकत

Um <laughs> <laughs>

बात बात रहा था ये मैडम गार्डन में घूम रही थी कहती है कि इनका कान कान काट लेने से ये <laughs> से ये देख नहीं नहीं ले ले काटने तुम हो भाई इतनी भी बेवकूफी अच्छी नहीं होती नहीं सर अगर मेरे कान काट जाएंगे तो मैं सच में देख नहीं सकूंगी <laughs> <laughs> अच्छा कैसे

तो देखिए ना अगर मेरे कान कट जाएंगे तो मैं चश्मा नहीं पहन पाऊंगी और अगर मैं चश्मा नहीं पहन पाऊंगी तो मैं देखूंगी कैसे गबरू पॉइंट तुम तो आईसन से भी बड़ी जीनियस हो। इस बोतल में कौन सा भूत है एक अफ्रीकन विज़ डॉक्टर कंपाला भूत जो अपने जादू से बारिश करता है

और उसी बारिश से जंगलों में बाढ़ ला था कब लोग ये तो नाट्यकला थिएटर के कैंटीन की समोसों की मिले क्या

किसी एक्टर की होगी अखिल भंडारी तो यही वो कपड़े दिखाओ भाव गबरू ये तो पायरेट के कपड़े हैं नहीं गबरू

नहीं के जाल से बने हुए के मुझे पता नहीं क्या हो गया बेचारी सुनैना मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला तो फिर तुम्हें पता कब चला सुनैना को मारने के बाद भी मैं लुटेरे के रूप में ही रहा उसके जेवर लेके मैं जब बाहर निकला तो बारिश में भीग गया

मुझे सर्दी लग गई और तो जब मैं थिएटर में वापस आया तो मैंने अपने इन कपड़ों को देखा मैंने सोचा कि मैं इन्हें बदल लूं। और जैसे ही मैंने इन्हें बदला तो मैं वापस नॉर्मल हो गया

स्टोरूम कहा है <laughs> <laughs> <Hey> guys, <laughs> इस बार के कॉलेज प्ले का अवार्ड हमें ही जीतना है और राइट नाट्स हमें ही जीतना है पंद्रह hmm. दिन बाकी है प्ले के लिए रिहर्सल के लिए आता है

चलो यार सीरियस अपना सामान उठाओ और चलो स्टेज पे यार प्रैक्टिस करते हैं ठीक बोल रही है वेरी राइट सही बात है लेकिन तुम लोग चिंता मत करो इस बार हम लोग ही बेस्ट एक्टर्स होंगे और हमारा ही प्ले बेस्ट होगा हां हां जरूर रिहर्सल पे तो को कोई आता नहीं है प्लीज जरूर बैच होने वाला है आगा, आगा, आगा, आगा, <laughs>

और चलो तू चुप कर और कम से कम यहाँ पर हमारी गुरु बनने की कोशिश एक दिन एक्टिंग में तुम सब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोजी क्योंकि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ ग्रेटर है

नहीं? ये क्या है अमेजिंग इसमें तो सारे कॉस्ट्यूम्स है जो हमें हमारे प्ले में लगने वाले हैं बट वेरी केयरफुली ये टीचर हैंग मैन मैं चिल्ला बनूंगा अमेजिंग है लुक एट दिस ऑसम

तो नागिन बनूंगीजिंग मिस <laughs> मैं तुम्हारे कॉन्ट्रास्ट में बनता हूं आ, <laughs> <laughs> और मैं प्ले में टाइम का रोल प्ले करूंगी कैसो <laughs> गाइस इसे तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है तू चुप करा तेरे लिए तो जिंदगी मजाक है <laughs>

तू तो ये का उटफिट पहन ले। लो वे मैं नहीं पहनूंगी कोई फालतू तो आउटफिट तो you know, मैं तुम सबसे हट कर हूं बिल्कुल अलग इसीलिए मैं कुछ अलग पहनूंगी और हट के अलग जेनी दिस पहनने वाली ये पहनूंगी

जरूर पहनूंगी गाइस लगता है किसी ने ये ड्रेसेस हमारी रिहर्सल के लिए यहाँ रखे है हाँ या? यार टीवी करते हैं चलो चलो अच्छा लड़कियाँ लेफ्ट साइड जाना और लड़के भी लेफ्ट साइड हो गए

अंदर अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के लिए आपको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा आई कार्ड ये स्टूडेंट्स का थिएटर है स्टूडेंट्स के अलावा एक्टर लोग ही अंदर जा सकते हैं देखो भाई साहब मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है बहुत बड़ा खतरा है अंदर जरूरी, जरूरी कुछ नहीं है बिना आई कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते देखो लेकिन

जमाल तुम बहुत अच्छा लग रहे हो यार इन कपड़ों की फिटिंग इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए बनाए बनाए गए हो, है ना? क्या? <laughs> तुम्हारे लिए ही हैं। अरे आपके कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। आ, क्या आप भी ड्रामा में काम करोगी ड्रामा ड्रामा <laughs> तो अब शुरू

कपड़े कैसे लगे तुम्हें? ये कपड़े आपके हैं यू मीन आपने बनाए हैं अपने इन्हीं हाथों से वेरी नाइस nice. uh, वैसे हम सब ड्रामा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं और आप <laughs>

लोगों को लोगों को मैं फांसी दूँगा मैं ही पिसाज लोगों का खून चूसता हूं मिला जिन

जुड़ैलों की दुनिया में चली चौकी उनकी रानी बनकर <laughs> कौन रोकेगा मुझे का। ए वॉचमैन। हमें अंदर जाने दो आपके पास आई कार्ड है आ, हाँ। आ, ये लो। ये तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का कार्ड है वो भी किसी लड़के का आ,

हाँ तो क्या हुआ आईकार तो है ना मेरे भाई का है कब्रू हाँ। तुम इसे सोना दे दो मैं अपने सोने किसी एक मिनट एक मिनट देखो तुमने कहा कि अंदर सिर्फ स्टूडेंट या एक्ट्रेस जा सकते एक्ट्रेस हाँ। तो है अब मैं पर मैंने तो कभी इनको देखा नहीं तुमने बंगाली फिल्म देखी है नहीं

तभी तो ये बंगाली सिनेमा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है लिली सेन, हाँ, हाँ, मैं। लिली सेन सेन पहचानो मैं बंगाली सिनेमा के लोग तो वार्थ वार्थ जीते रहते हैं लेकिन क्यों हाँ, बाबा बंगाली एक्ट्रेस एक्ट्रेस नहीं नहीं मैं आइए मैडम आप जाइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं अरे बाबा हम उसका सेक्रेटरी है और ये मेकअप मैन मैडम ऑटोग्राफ

बाद में आ? आ? <laughs> चार शिकारी <laughs> <आर> एक शिकार <laughs> किस मिलेगा शिकार <laughs> <laughs>

कपड़े बचे हैं वस्त्रिका के बक्से में जैसे ही ये कपड़े खत्म ये खेल खेल भी खत्म। <laughs> तो अभी शुरू हुआ तुम कौन अकल की दौलत से जो है माला माल मिलो मुझसे वस्त्रिका मैं हूँ विकरात विक्रांत, मशहूर भूत नाशक विक्र

क्या चाहते हो तो? तुम मेरे बक्से में से कपड़े पहनोगे वस्ती का कपड़े तो मैंने पहन रखे हैं। लेकिन अगर तेरा मकसद नहीं पता चला ना तेरी खाल उतार <laughs> मुझे मार कर क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ रोक सकते हो तो उन पांचों को पर कौन पांच? वही बेचारे कलाकार जो अब हंखार बन गए हैं

हा सर यहा कुछ लड़के लड़कियों के कपड़े भी हैं मुझ पे अपनी ताकत मत वजमा विकराल

कुछ नहीं मिलेगा उन बच्चों ने खतरनाक कपड़े पहने लीली, भागो भागो कमान भागा तेरी कटिंग तो मैं बाद में करूंगा काट डालूंगी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

और गवाओं को मते नजर रखते हुए ये अदालत मुलिम जेनी को ताजिराते हिंदू को तीन सौ दो के तहत फांसी का हुक्म करार देती है <laughs> मुझे छोड़ <चोड़ों> दो। <laughs>

भी और तू मुझे देगा? छोड़ दे इसे। मैं इसकी हड्डियाँ पका के खा जाऊंगी कर

Hmm. तुझे कौन मैं मुझे जे खाऊंगी आजा मैं तुझे चुटा आजा बहुत <laughs> प्याजी खाऊंगी आजा <laughs>

से एक होगा सब लेकिन हमें बाकी तीनों को बचाना होगा तीन नहीं ले चार। चार पांच में से एक गया तो तीन ही बचे ना पांच एक सड़क है लेकिन हम उन्हें तभी बचा सकेंगे जब वो खुद अपनी मर्जी से कपड़े उतारे जैसे आके ने किया लेकिन कैसे बिकराल सोचते हैं।

ले, really? a... oh, <laughs> मैं न अपनी टीचर को इन सब की नाप बताऊंगी फिर फिर इन, फिर सबकी पिटाई होगी

तो नहीं करोगे ना मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा आओ मेरे पास आओ आओ अंकित, आपके आपके रात इतने क्यों शाइन कर रहे हैं वो मैं रोज ब्रश करता हूँ ना हाँ। इसलिए आओ पास आकर देखो आओ

देखो। मम्मा। थोड़ा सा ओए डे छाला कौन दे

सुनाओगे सर क्रॉसमो दू नहीं ले, ले ये बेचारा अनजान है मैं इसे बचाने आया हूं मानने नहीं

मेरी बात सुनो वो कपड़े बदल लो तुम ठीक हो जाओ तुम कैसा तुमको अकेले अकेले हाँ

तू ये मेरा शिकार है आ, शिकार के लिए लड़ना भी पड़ता है देखो तुम दोनों वो नहीं हो तो बने मेरी बात सुनो अपने कपड़े बदल लो। लोन तेरे पन को मैं आज कुचल के रहूँगा चिमगदर की औलाद तेरे पर तो मैं काटू अगर इन्हें नहीं रोका तो एक दूसरे को मार देंगे

कमाल थैंक यू तुम दोनों की लड़ाई में मैं तो चला कमाल ले ली

हुआ है तुम कहा जा रहे हो वो मेरा शिकार है।, मेरा। और... मेरा शिकार है। तुम शिकारे जा, जा रहे हो मेरा शिकार है। विक्रम वो लड़की तो हाथ ही नहीं आ रही लगता है मुझसे भी डरती है कुछ तो करना होगा

जिसे बच्चे अपने कपड़े बद शायद उन लड़कियों के साथ कुछ हो सकते कमान कपड़े तेरा

कर तो कोई भी डर जाएगा ये लो इन्हें पहन लो इन्हें पहनोगी तो यही तुम्हारे पास आएगी और फिर तुम उसे लाओ कपड़े तो चलो एक तो ठीक होगी

तो बुढ़े कपड़े भी बदल लिए फिर भी ठीक नहीं हुई। कैसे ठीक होता? अरे हाँ पानी हमें उनके कपड़ों को पानी से भिगोना होगा फिर उनका इफेक्ट दूर हो जाएगा आई एम श्योर पानी ये तो बहुत ही आसान तरीका है तरीके शुरू करें

सबसे पहले उस चेरी को ये तो अभी भी है। पानी डालने पे भी कुछ नहीं कपड़े बदलने पे भी, भी कुछ नहीं वो अखिल कैसे ठीक होता पानी डालने से बारिश का पानी अरे हाँ बारिश का पानी

लगता है बारिश का पानी वो ताकत को नाकाम करेगा right. तो फिर बारिश ही करवा देते सब भी ही ठीक हो जाएंगे बारिश करवा देते हम क्या भगवान है इसमें मदद करेगा कंपाला भूत कौन ला सा अरे अरे वो कंपाला भूत की बोतल किधर गई?

बोतल तो बस्तिका के कमरे में गिर गई थी मैंने देखा था पहले oh दे पे देखा था तुमने? शायद देखेट ढूंढ रहे हो

बारिश जरूर होगी बारिश होगी कैसे <laughs> <laughs> आजू मुझे बहुत भूख लगी है आजा। <laughs> <laughs> <laughs>

की कोशिश मत करना मैं तुम्हें तो तभी आजाद करूंगा जब तुम यहां पे बारिश करवाओ नहीं नहीं। हा, हा, करता हूं मैं अपने जादू से बारिश करता हूं जल्दी हंगूला कंपाला अजीबो बकाजू हंगूला कंपाला अजीबो बकाजू हंगूला

anta la adiba wa khaju hayula

अंदर चलो वापस। थैंक <laughs> यू

क्या करने जा रहा था क्या हो गया था? मैं चुड़ैल बन गई थी जब ठीक <laughs> <laughs> <थीथ> हो गए? <laughs> अरे, अरे, मैं तो नागिन बन गई थी। <laughs> मैं, मैं, मैं, मैं इंसान बन गया अंकुल तू मैनक बन गया था

वो देखो दे मस्तरी का

मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां फैशन की कोई चिंता नहीं आओ क्यों वस्त्री का हूं ना मैं कटअपउ द